हेलो दोस्तों तो कैसे हो सब तो मैं जब भी यूट्यूब ऑन करता हूँ देखता हूँ सब कोई ब्लॉगिंग करे ब्लॉगिंग करे तो सोच रहा हूँ मैं भी ब्लॉगिंग कर देता हूँ कर लेता हूँ आपसे शुरू अब मैं सोच रहा हूँ मैं भी आगे से ब्लॉगिंग करूँगा तो मैं आपको बता दूँ पहले मेरा नाम धनेंजय दास है और मैं झारखंड के साहिबगंज जिले के एक छोटे से गाँव से हूँ तो देखो ये हमारा बाज़ार है यहाँ का यहाँ पर मेरा दुकान भी है मैं आपको दिखा दूँगा अभी थोड़ा दिन पहले बाद जाकर आगे जाकर मैं दिखाऊँगा आपको वीडियो में और मैं सोच रहा मैं भी डेली ब्लॉगिंग करूँगा बस थोड़ा सपोर्ट देना आप मुझे तो आगे मैं ब्लॉगिंग करूँगा तो दिखाता हूँ मैं पहले आपको अपना दुकान दिखाता हूँ उसके बाद से बात करते हैं तो ये हमारा दुकान है पूरा फैमिली भी सब लोग यहाँ पे काम करते हैं और ये सब लोग का गुजारा वुजारा होता है तो देख लीजिए मार्केट है और यहाँ तो हमारा एक छोटा सा दुकान है दो तीन भाई मिल और पूरा फैमिली भी लोग यहाँ पर दुकान उपान करते हैं तो मेरा पहला ब्लॉग है तो मैं मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए तो आगे से ब्लॉग आएगा बस थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा मुझे ताकि मैं भी कुछ आगे कर पाऊँ कुछ बन पाऊँ मेरा भी बहुत कुछ करने का शौक़ है बनने का शौक़ है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में